अरे अरे अरे कमला बात आज उदास तो उदास लगे अरे यार के मन मन लग गया, मैं कुमार हूं। अरे वो तो ही गए आजकल की फ़ोन आजकलियारिया बाजार में बुगे धनिया हाँ। लीलो खेडो खगड़ बुगे हाँ। फिर मेहर वर्ग दो बाइक ले गए मोबाइल लेके जनता रहे हाँ। फिर ले रही है क्या तो रही कहते बाटा फैके कह गए तो नो नो <laughs> <laughs> oh, no, no, no, no, no. सुनो छोरो देखो कोई नहीं कोई नहीं देख लियो <laughs> <की बड़ी। laughs> अरे कमला तेरो ब्याहरा सकलू ते लगा सकलू तो तू एकदम गई वाल लगे गोसा ना करे करो बोजे बिचारो इणो तो तो तो। थार ब्याह थोड़ी थारे तो। <laughs> <laughs> देख साजन चले ससुराल मैं एक कली कौन सिल गया यार इन सिलगा नो नो नो नो। सिलगा दी। पोड़ देख पिये कली बिन छोड़ दे पहली मोटा मोटा वादा करें। किड़ा किड़ा इड़ा इड़ा हवाई फायरिंग कहते हैं हवाई फायरिंग मेरे तो भाईयो रात में रसूला खाया पन फोटू खेतनी भूलो तो प्लीज यारो मेर पर विश्वास करो आगी बुड़ी। आगी बुड़ी।